हेलो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम एक और न्यू गेम पे वीडियो के साथ आ चुके हैं और आप देख रहे हैं विग लेजेंड हंड्रेड गेमिंग और मेरा नाम है अनुज और हम जल्दी जल्दी से लैंडिंग करते हुए और बंदे लेट हो गए थे इसलिए एक बंदे को हमें ऊपर हेड फेंट कर दिया इसके बंदा तो भी काफ़ी लेट उतर रहा था इनके इसको और ये हमारा इंडियन सर्वर का कैम्पले नहीं है ये बंगल सर्वर का कैम्प ले जिसमें मैंने लॉगिन किया था और ये मेरी न्यू आईडिया है बट इसमें मैंने और गेम पे कर लिया है और पाँच या दस लेवल कम्प्लीट हुआ इसमें और हम क्लासिक गेम प्ले पर आया था और वेस्ट मूवमेंट के छाइंड में गेम प्ले कर रहा था और ये लास्ट बंदा यहाँ पर गैम पी करते हुए मुझे बहुत ढमी दे देता दे है और मैं बहुत ज़्यादा कम एचपी पी का बच्चा और मुझे एक पल के यहाँ लग रहा है नमज आता और इसे एक इस तरीके से डाउन कर देता हूँ और डाउन हमने ओके तरीके से, से वही ले देते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन और सेट कर दो मिलते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगीब